Hello guys, welcome to my YouTube channel. आज करते हैं हम गुलाब जामुन के साथ कॉम्पिटिशन गाइज आप देखो कितने गुलाब जामुन हैं और हम चारों के बीच कॉम्पिटिशन होने वाला है मस्त। गाइज oh wow! आज गाइज एक मिनट में पंद्रह रसगुल्लों का कॉम्पिटिशन भाई, भाई भाई भाई हमारी टीम ने काफी टाइम पहले से मतलब बोल रहा था सबसे भाई भाई। सबसे बोल रहा था सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा मैं मिनट में 20 रसगुल्ले खा जी भाई अभी आएगा रोड पे <laughs> बट गाइज हमारी टीम ने सबने मिलकर बोला भाई तू 15 खा के दिखा दे तो गाइज इसके कहने पे आज गुलाब जामुन का कॉम्पिटिशन गाइज तो गाइस आज देखते हैं कि कौन कितने गुलाब जामुन खाता है और गाइस अगर इतने या फिर हम सब में से किसी ने भी पंद्रह रसगुल्ले अगर एक मिनट में खाए तो गाइस गाइस उसको उसको मिलेंगे गायेंगे अभी बजा आएगा ना भिड़ो और गाइस हारने वाले को मिलेगा खट्टा खट्टा जूस गोल से है कौन कितने खाता कितने खाता खाता है है यार गुलाब जामुन गाइस तो करते हैं भाई सबसे पहले भाई ने बोला था तो भाई से ही स्टार्ट करेंगे गाइस मैं भाई की प्लेट में रख देता हूं किन के रसगुल्ले शुरुआत में पंद्रह ठीक है गाइस तो करते हैं स्टार्ट एंड तो जैसा कि कि आपने पिछली वीडियो में में देखा था था था इन चारों के बीच में मैं कंपटीशन हार गया था और मुझे पीना पड़ा था मिर्ची का जूस और आज ये है, लेमन का जूस भाई मुझे पता नहीं है कि मैं खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा लेकिन पिछली वीडियो में वहां हार गया था क्योंकि मुझे भी उस वीडियो में आज थी मैं सी जाऊंगा लेकिन नहीं सीता था तो मुझे मिर्ची का जूस पीना पड़ा था ठीक है गाइस में तो तो तो देखते हैं कौन हैं कौन कौन जीतेगा हा हारेगा ये तो यहां पे लेमन का जूस हमारा तैयार है कंपटीशन हम करते स्टार्ट तो करके दे दो भाई चौदह और पंद्रह पंद्रह हो तो चुके हैं और हमारे पास है टाइमर ठीक है ठीक है तो हम इसमें टाइम सेट करेंगे ठीक है और ये बाइक आएंगे इसके पास सिर्फ एक मिनट का टाइम है ठीक है तो ये एक मिनट में पूरे पंद्रह गुलाब जामुन खाएगा अगर इससे नहीं खबेगा कम खाया या सबसे कम खाया तो इसको प्यारा प्यारा लेमन का जूस पीना पड़ेगा गाइस बड़ा मजा आएगा नागिन नागिन निकाली निकाली मुन्ना है, है। ची मुन्ना तो गाइस तो प्लीज इस वीडियो को इसकी मत करना लास्ट तक देखना प्लीज प्लीज प्लीज ठीक है स्टार्ट भाई वन टू थ्री वो उठा क्यों नहीं रहा बच्चे खाए क्या भाई खाए क्या भाई खाए क्या भाई खाए क्या अरे तू तो एक मिनट के बचा है नबसुल ले प्लेट में देखो नौ रसगुल्ले एक दो तीन चार पाँच छत आठ नौ भाई नौ रसगुल्ले और इसने खाए गो खा खा तो खिला के देखते हैं तो भाई मुकेश आपकी प्लेट में पंद्रह रसगुल्ले में रखने वाला हूँ एक, थे, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सामने आ जाते पंद्रह आ जाएगा भाई लग रहा है भाई भाई स्पीड में बता भाई तीन रसगुल्ले खा गया दस सेकंड में भाई भाई कमाल कमाल भाई लास्ट है मुझे लगता है एक और खा सकता है एक और खा सकता है मुश्किल है भाई हो गया ओके okay भाई एक मिनट पूरा हो दोन चार, दो, चार पच सात इस टोटल खाए आठ और भाई ने खाए छाई ने छे यही बोल रहा था की मैं ज्यादा खाऊंगा भाई इतना शोर क्यों मचा रहे किस बात के लिए खुश हो इतने अगर खुश हो तो खुश रहो ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो गायस इसी ने खाए कम और इसने खाए भाई ज्यादा इसने छ और इसने आठ अब गायस guys... हम अपने प्यारे भाई किसी का नंबर लेते हैं इसकी प्लेट में मैं रख देता हूँ अभी पंद्रह रसगुल्ले ठीक है तो इधर ले लेते हैं प्लेट को रसगुल्लाई तो आप लोग बोल रहे थे मीठा हमेशा कम खाया जाता है तो गाय इसकी प्लेट में रख देते है अभी हम रसगुल्ले पंद्रह ठीक है गाय गुलाब जामुन पंद्रह रख देते हैं दो दो चार दो छह दो आठ ठीक है नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14, अभी आएगा तो guys, अभी हमारे ऋषि भाई खाएंगे पंद्रह रसगुल्ले भाई रिकॉर्ड तोड़ देना है भाई इनसे तो जीत के दिखाना है तुझे ठीक है भाई तो चलो बाइस भा, अभी भाई ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे चार ओ भाई ये जीत सकता है कल ये हार अपनी हार ना बदला ले रहा है ये कल मिर्ची प्याधा <laughs> आज देखते भाई बीस सेकंड हो गया है भाई भाई क्लियर हो हो गया गया इसका भी टाइम दो, दो चार दो छह दो आठ आग, सात खाया है हमारे भाई ने सात तो इसने खाए थे टोटल सात रसगुल्ले तो भाई हमारा है सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे है ये भाई और लास्ट में है अभी प्रशांत भाई अब मैं देख लेता हूँ अपना की मैं कितने खाता हूँ ठीक है गाइस तो एक मिनट में पंद्रह रसगुल्ले खाने की पूरी कोशिश करूंगा बट तुम्हारा भाई हारेगा नहीं गारंटी देता हूँ एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो खुद कोई भी चीज हर चीज की एक लिमिट होती है चाहे वो तीखे हो चाहे हो अगर हम लिमिट से खाएंगे ना तो कुछ भी खा सकते हैं अगर अनलिमिटेड खाएंगे ना तो फिर वो ज़्यादा नहीं है, है, फिर वो हमें भी हो जाती है। तो भाई भाई भाई भाई भाई के साथ अभी करते हैं, हैं, हैं, को को को स्टार्ट, तो भाई को दिखाते दोड़ा। दोड़ा। दोड़ा। भाई को खिलाते भाई कितने खाएंगे तो इसकी प्लेट में ऑलरेडी पहले से ए, दो चार छ आठ आठ रसुल्लाडी रखे हुए हैं, तो बाकी में ये दो दस हो गए बारह चौदह और देखिए पंद्रह उसके अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं तो भाई <laughs> मैंने सात खाए इस, ने इस ने तो भाई ने आठ गाए इस भाई ने तो देखते हैं भाई छे गायन से नंबर पे आता है अगर ये पांच में तो तो तो पूरी तो कोशिश करूंगा मैं खाने की ठीक है तो गाइस काउंट कर एक मिनट रुक जा भाई चलो हाँ तो गाइस वन टू थ्री स्टार्ट ये टू सेकंड थ्री सेकंड फोर सेकंड फाइव सेकंड जल्दी स्पीड स्पीड और स्पीड अरे भाई अरे इतने में मतलब तो तीन खा गया था <laughs> ये एक मिनट ऑलरेडी पूरा ने खाये। ने खाये कितने खाए कितने छाई ने खाए आठ और इसने सात आज ये कल मिर्ची पीने वाला हाथ से चीन चुका है मुझसे भी और इससे भी ठीक है तो अभी मुझे पीना पड़ेगा खट्टा खट्टा जूस जूस तो गैस, ये, जीतने को ये ये जीता है क्यों क्योंकि इसके में कुछ नहीं था इसने भर रखा था <laughs> तो बैस ये आ रहा है पूरा का पूरा जूस इसको ही पीना पड़ेगा ठीक है तो अभी जो अगला चैलेंज है, भाई।, है। भाई।, भाई मतलब जावे खट्टा लग रहा है मतलब खाने के लिए तो मैं खा जाता पर समझ में नहीं आया तुम तो कैसे खाऊ जब मुंह में गया पहला तो तो ऐसा लग रहा रहा था नीचे जा ही नहीं रहा है तो अगला हैं साथ अभी भाई पियेंगे घट्टा गट्टा प्यारा, प्यारा प्यारा लेमन का पूरा देसी जूस ये बन शर्ट गट गट पूरा आई क्या चल रहा ओ अच्छा मिर्ची थी। मिर्ची थी। <laughs> तो ओ भाई। ओ भाई।, <laughs> भाई।, <laughs> भाई भाई भाई भाई अच्छा में में पीने बाद मिर्ची मिर्ची मिर्ची थी थी तो वो बनाया था उसी को पता होगा पानी अरे भाई पानी ये लास्ट में मतलब मिला के लाए थे अरे वाला मुझसे बदला लिया है इन लोगों ने सच्ची में थोड़ी सी मिर्ची दी उसके अंदर तो गाइज अभी हमारा चैलेंज हो चुका है कंप्लीट भाई के हिस्से में आया है लेमन का जूस पांच हजार रूपए मेरे हिस्से में क्योंकि तो ना मुझे कुछ मुझे तो मिल गया पांच हजार आ गए तो इन दोनों को रसगुल्ले मिले इस, इसके हिस्से में छह आया इसके हिस्से में आठ आए गा और मेरे हिस्से में पांच हजार तो तो प्लस सात रसगुल्ले ठीक है गाइज तो अभी के लिए बस इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना अगर आप गाइस लाइक जरूर करना गाइस आज इन्होंने मुझे मिर्ची वाला चूस खिला दिया गाइस। गाइस। प्लीज प्लीज लाइक लाइक अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय